हेलो गाइस कंप्यूटर ऑन साइंस चैनल में आपका स्वागत है मैं नितेश तेरव आज आपको बताने वाला हूं कि पावर पॉइंट में स्लाइड कैसे बनाते हैं और आप अपनी प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें पावर पॉइंट दो इसको डाउनलोड कैसे करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो यहाँ पर एड टू क्लिक आपको करना क्या है फर्स्ट पेज है तो क्लिक टू ऐड टाइटल ऐड क्लिक टू ऐड टाइटल तो यहाँ पे आप स्लाइड देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके लिए स्लाइड है मैं ले लेता हूँ जो हमारी ये है इसको हम लेता ले हूँ और यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं तो ये लिया मैंने यहाँ पे आप क्या करें इसको छोटा कर ले बीस कर लिया और इसे ऊपर की तरफ ले जाए मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ अपना नाम इस इसको बोल्ड कर सकते हैं कोल्ड कंट्रोल बी से और डेलिक कर लें और साइज बड़ा कर लें इससे अच्छा लगे साइज मैंने कर लिया इसका बीस अट्ठाईस इस कर लिया इसको आप यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका मैंने कलर नीला कर लिया है और आप इसे ऊपर भेज दीजिए ऊपर ऊपर ऊपर यहाँ पे भेजना है और आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेम यहाँ पे ये नेम लिख दिया और नीचे आप लिख सकते हैं रोल नंबर जो आपका कॉलेज रोल नंबर है या कुछ भी है आप यहाँ पे रोल नंबर लिख सकते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये रोल नंबर है और यहाँ पे आप रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आप आइए इसे यहाँ ले जाइए जिसे सबमिट करना है मतलब मेरे को टीचर को सबमिट करना है तो सबमिटेड बाय सबमिटेड बाय आपके द्वारा सबमिट करना है तो आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं और सबमिटेड टू यहाँ पे लिखना है सबमिटेड टू किसको सबमिट करना है थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है तो इसके लिए माफ़ करना भाई सबमिटेड टू तो इसके लिए कोई भी नाम हो आपकी टीचर का जिसे आपको सबमिट करना है उसको आप दे सकते हैं और उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे राजेश लिख दिया राजेश जो भी है वो मतलब यानी प्रोफेसर है तो यहाँ प्रो लगा देना है और डॉट लगा देना है प्रोफेसर है या फिर कोई मैनेजमेंट का वो है तो राजेश सर सा, यहाँ सर या मैप जरूर लगाना क्योंकि इससे टीचरों के दिल पे बड़ी ठेस पहुँचती है सर या मैम लगाते नहीं है तो सबमेटेड बाय यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं आप मैंने यहाँ पे लिख दिया नितेश तो यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया इसको आप थोड़ा पीछे कर ले यहाँ पे मैंने आपने अपना नाम लिखा तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं ब्लैक ब्लैक में लेना ले सकते सकते हैं हैं मैंने ये ले दिया। आप इसका भी कलर चेंज कर कोई सा कलर ले सकते हैं ये मैंने ले दीजिए कलर ज्यादा ऊपर जा चुका है जा चुका है जैसे तो ब्लैक यहाँ से आप बैक स्पेस कर दीजिए ये नीचे आ जाएगा नीचे आ गया तो यहाँ पर रोल नंबर जो भी आपको लोगो लगाना है तो कोई पिक्चर लेनी है तो आप नेट से लोगो ले सकते हैं यहाँ से मैं लोगो लेता हूँ तो यहाँ से मैंने लोगो लिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मैंने यहाँ पर डाल दिया गवर्नमेंट स्कूल लोगो ये मैंने क्लिक किया से आप कोई भी लोगो ले सकते हैं नेट से और बड़ा। आप कोई भी लगा सकते हैं इसमें यहाँ पर जाकर आप इंसर्ट इन पे जाके ऑनलाइन पिक्चर है या कोई पिक्चर आपने डाउनलोड कर रखी है तो आप यहाँ से इसे यहाँ से ले सकते हैं लोगो और यहाँ पे लगा सकते हैं जहां पे भी आपकी पिक्चर पड़ी है और ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन यहाँ से ले सकते हैं तो मैं ले रहा हूं थोड़ा टाइम चल लग रहा है ये हमारी आ चुकी है तो मैं कॉपी इमेज करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो मैंने पेस्ट किया इसको थोड़ा साइज करना है आप यहाँ पे कॉलेज जो भी आपका कॉलेज है, है, स्कूल उसका आपको लोगो लेना है और ये मैंने कर दिया यहाँ पे ये ये पूरा जा रहा है तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया और आप सबमिटेड टू और यहाँ पे आप यहाँ आप कॉलेज जो भी है आपका गवर्नमेंट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है जो भी कॉलेज का नाम है College name, या फिर है और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं studying, uh, college जो भी आप लिखना चाहते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं जैसे ऊपर यहाँ पे लिए यहाँ ऊपर भी इसे ले सकते हैं लोगों को नीचे ले लीजिये या फिर यहाँ पे और यहाँ पे आपको जो भी आपको लिखना नाम लिखना है या फिर किस चीज के बारे में आप लिख रहे हो तो यहाँ पे जाके आपको टाइटल में लेना है टाइटल में आप जिस चीज के बारे में लिख रहे हो मतलब मैं ले रहा हूँ C प्लस प्लस जो भी तो इंट्रोडक्शन ऑफ वैसे मैंने इसकी वीडियो डाली हुई ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी यदि आपको इंटरेस्ट हो तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं तो बेसिक इंट्रोडक्शन और यहाँ पे आपको फिर लेनी लेनी है, यहां पे लेनी है करना तो यहां पे तो यदि आप आपको टू कॉन्टेक्ट लेने है। तो यहाँ पर कोई भी आप लेना चाहते हैं यदि आप ये चाहते हैं कि मैं हेडिंग कर लूँ तो यहाँ पे एडिंग डालिए और यहाँ पे डाल दीजिए इंट्रोडक्शन प्लस आप इसे बोल्ड कर लीजिए इसे बोल्ड कर लीजिए और कंट्रोल आई इसे आप इसे टैलिक कर सकते हैं और यहाँ पे जो भी आप डालना चाहते हैं वट इज सी प्लस प्लस वाई एज सी प्लस प्लस यदि आप पेस्ट कॉपी करना चाहते हैं तो ज़्यादा टाइम खराब ना करने पर हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे वट इज सी प्लस कई ट्यूटोरियल्स हैं जहाँ पे आप इसे ले सकते हैं तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर कुछ भी आप जैसे मैंने यहाँ पे ये क्लिक किया या फिर यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो कुछ कट करना पे हम ले, -ले, ले सकते हैं इसे जैसे मैंने आपको कॉपी किया आपको बना के दिखा रहा तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ कंट्रोल को कंट्रोल सी से कॉपी होगा कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बड़े बना तो यहाँ पे जा कर ये सादा सिंपल में आ जाएगा यदि कोई आपका अवसर आपको है, आपको उसको हेडलाइन करना है मतलब कि तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं और नेक्स्ट पेज पे आप जा सकते हैं ऐसे स्लाइड आप बना सकते हैं और एंड का जो पेज है उस पर आप इसको लीजिए इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं हम नीचे करने पर यहाँ पे जो आप लिखना चाहते हैं अपना नाम रोल नंबर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो वरना यहाँ पर लिख सकते हैं थैंक यू टी थैंक यू और यहाँ लिख सकते हैं है वा नाइस डे। तो हमारी स्लाइड बनकर तैयार हो चुकी है आप यहाँ पर जितने आप मन करें यहाँ पे आप, आप स्लाइड ले सकते हैं मैंने यहाँ आप पे आपको बनाकर बस दिखाया है आगे कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू